ऊपर माल में ज्याम जो, जो को लड़ी तो का ठ मधुरा ले मोबाद उप वर्मा ढ़ परिवार इंदर गढ़ जहां सुणारोगणिया जले अखंडी जो बिल्कुल माता रो साक्षात है लाखों लाखों निर्दनिया पर लाखो नवरात्र जावे माता जी ने अरदास करे और माताजी जी भक्तारा दुख मेटे और किन प्रकार भक्त जोगणिया माता री महिमा गातो तको अरदास करे और केवल लगे बोले वन टू थ्री फोर से हो जोगन जो तो कुंदारे मुंगरा में मंदिर चोर को रे जो तो कुंदारे खाण में मंदिर चोर को रे जो तो कुंदारे खाण में मंदिर चोर जोरे को तो रे ए बेटी ए बेटी काटा मोटी चोक न्या रे तो तोड़ की मोटा ी दरियानी मंदिर जोर बहुत दादा बहुत दादा बोगी रा <im> हद सौ The key. The key.